असल वेलकम आपका काशी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड रिपेयरिंग में आप देख सकते हैं ऑन स्क्रीन चाइना सी आर का एक बोर्ड और इसमें ख़राब है पावर सप्लाई यो बिल्कुल जो है हमारी आउटपुट जो वोल्टेज हैं वो नहीं बन रहे तो ये मैं थ्रू प्रॉपर चैनल स्टेप बाय स्टेप आपको चेक करवा रहा हूँ यहाँ पे ये वोल्टेज हमारे देख लें ये हमारे वोल्टेज यहाँ तक हैं एसी और उसके बाद ये हमारा मेन कैपेसिटर और यहाँ पे हमारे डीसी वोल्टेज भी मुकम्मल उसके बाद ये वोल्टेज आउटपुट के ये आप देखें ये बिल्कुल नहीं है यहाँ पे वन टेन उसके बाद ये पै पे, पच्चीस वोल्ट उसके बाद पंद्रह वोल्ट इनमें आउटपुट का कोई वोल्टेज जो है व्यूवर्स यहाँ पे नहीं है तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल आपने करना क्या है कि अगर आपकी आगे की शार्टेज जो है आप समझते हैं कि आगे की शार्टेज की वजह से हमारे ये वोल्टेज जो है ये ड्राप हैं तो हमने इसके वोल्टेज को यहाँ पर ये यह देखें अपने ओपन कर लिया इस पेन को ताकि हमारे ये जो हॉर्जेंटल सेक्शन है इसकी सप्लाई हमारी सप्लाई से मुनकता हो जाए और हमें मालूम हो सके कि अगर आगे शार्टेज है तो उसकी वजह से हमारा जो है ये देखें यहाँ पे ये हमारे मेन मेन ट्रांजिस्टर एच आउट का इसको भी मैं चेक कर रहा हूँ और इसको चेक करने के बाद ये भी बिल्कुल मुकम्मल तौर पे ओके है और व्यवर्स क्या वजह है कि हमारी सप्लाई जो है आ, मैं अपने मेन ट्रांसटर जो है इसको भी चेक करता हूँ उसके बाद जो हमारी बाइसिंग ट्रांसटर है उसको भी चेक करता हूँ जो हमारी पीसी है फोटो कपलर वो भी हमारा बिल्कुल ओके है और आगे वाले डाइवोट जो हैं ये फर्स्ट ऑफ़ ऑल आपने इनको चेक करना है ये देखें इनमें हो सकता है कोई शार्ट हो अगर ये शार्टेज की वजह से हमारी सप्लाई जो है वो बिल्कुल म्यूट है तो ये तरीका कार जो है आपका अपनी आगे के वोल्टेज जो है आपने उसको आ, उतार लेना है अपने डाइवोड को उनको ओपन कर लेना है और उसके बाद इनको कंटिन्यूटी पर आपने चेक कर लेना है अगर इस तरीके से आपको समझ ना आ सके तो ये हमारी मेन सप्लाई उसके बाद ये हमारे वोल्टेज व्यूर्स यहाँ पे ये पचास पे हमारी और उसके बाद ही हमारे तकरीब पंद्रह अठारह वोल्ट जो हैं यहाँ पर जो हमारे ए, के में जो रिस्टेंस लगी होती हैं ये उन पे है और उसके बाद ये ये, ये बाइसिंग के ट्रांस वोल्टेज हैं ये देखें ये ये बाइसिंग वोल्टेज भी बिल्कुल ओके हैं तो वीयर्स क्या वजह है इसके बावजूद जो है हमारे जो आउटपुट वोल्टेज हैं वो नहीं बन रहे हमारी सप्लाई जो है वो नहीं बन रही और वो क्या मसला क्या हो सकता है वो कौन सी चीज़ है जो इसमें डैमेज है और आपको बग़ैर किसी चीज़ को तब्दील किए अगर आप इसको मतलब रिपेयर करना चाहें तो किस तरीके से आप करेंगे तो ये सारा कुछ इस वीडियो मैं आपको बताऊंगा हमारी एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें शुक्रिया का मौका दें और ये ये देख लें यहाँ पर अभी तक भी हमारे वोल्टेज जो हैं वो हमारे आउट नहीं हो रहे तो इसको आपने फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपने अपने इन वोल्टेज को चेक कर लेना है इन चीज़ों को चेक कर लेना है ये देखें यहाँ पे ये यह हमारा ट्रांसलर है ए सत सौ तैतीस ए दस पंद्रह बी पाँच सौ चौंठ कोई भी ट्रांसलर जो है यहाँ पे जो के लगा होगा और उसको आपने चेक करना है इसकी वजह से भी अगर ये ख़राब हो तो इसकी वजह से भी हमारी सप्लाई जो है वो मुकम्मल तौर पे बंद हो जाती है हमारी सप्लाई आन नहीं होती तो इसका इसको आप बाहर निकाल के भी चेक कर सकते हैं और अगर आपके पास इतना एक्सपीरियंस है तो आप इसमें इसको अंदर भी लगे हुए बोर्ड में भी चेक कर सकते हैं तो ये हमारा ट्रांसफर जो है ये हमारा बिल्कुल ओके है और ये बेस्ट क्लेक्ट्रामीटर और उसके बाद ये हमारे डाइवोड ये भी यहाँ पे हमारे मुकम्मल हैं ये उसके बाद ये हमारा ट्रांसटर है जो बाइसिंग ट्रांसटर है ये सी अठतीस जीरो सात ये भी हमारा यहाँ पे बिल्कुल ओके है इसमें भी कोई शार्टेज नहीं आ रही ये हमारा मेन ट्रांसटर ये देखें बेस कलेक्टर मीटर ये और ये बेस कलेक्टर मीटर ये हमारा बिल्कुल मुकम्मल है ये भी ओके है लेकिन उसके बावजूद वीवर्स जो है हमारा ये जो सप्लाई है ये हमारी चालू नहीं हो रही तो हमने इसको किस तरह रिपेयर करना है हमारी वीडियो को एंड तक देखिएगा और अगर आपको किसी किस्म का भी कोई मसला परेशानी दरपेश है अपने सर्कट में तो आप हमसे इंस्टाग्राम पर रबा कर सकते हैं इंस्टाग्राम की हमारी आई है मोहम्मद और उसके बाद वीवर्स आप वाट्सएप भी हमसे रब्ता कर सकते हैं व्हाट्सएप का नंबर है हमारा 03453958708 तो ये देखें यहाँ पे ये जो हमें चीज़ नज़र आ रही है अपने मीटर को कंटिन्यूटी पर रखें और उसके बाद ये ये हमारा मीटर जो है ये हमारा मीटर अपने मेन ट्रांसफार्मर के साथ जो है टच नहीं हो रहा इसके मीटर के वोल्टेज जो हैं ये तो यहाँ पे इसको हम ओपन कर लेंगे ये है क्या चीज़ भी बर, ये भी मैं आपको चेक करवाता हूँ इसको ओपन करने के बाद और आपको दिखाऊंगा कि ये, इसका ये फॉल्ट जो है ये इसी का है या के और भी कोई इसमें ईशू है तो ये और ये देखें ये व्यवर्स एक रजिस्टेंस है और ये इसको आप निकाल लें ये ये आप इसको कंटिन्यूटी पर रखें और उसके बाद आप इसको चेक करें ये देखें यहाँ पे ये बिल्कुल मुकम्मल तौर पर ओपन है ये और इसकी जगह व्यूवर्स मैं इतनी वैल्यू की दोबा कॉर रेजिस्टेंस जो है वो लगाऊंगा और ये ये देखें ये बिल्कुल सेम वैल्यू है ये ज़ीरो पॉइंट टू ये देखें ये बिल्कुल ओके है तो इसकी जगह जो है ये लिस्टेंस मैं लगा दूंगा और अगर भी आपके पास इस ये चीज़ अवेल नहीं है ये रिस्टेंस आपके पास अवेल नहीं है तो आप इसको जंपर भी कर सकते हैं बग़ैर किसी परेशानी के वो आप जम्पर वायरक लें और अपने ग्राउंड को हेमूटर के साथ जो है वो कनेक्ट कर लें तो फिर भी आपका ग्राउंड जो है वो कामन हो जाएगा और मुझे उम्मीद है कि हमारे ये वोल्टेज जो है यहाँ पे ये बिल्कुल ओके हो जाएंगे तो ये रिस्टेंस लगा रहा हूँ मैं और अपने ग्राउंड को जो है इसके साथ और उसके बाद अपनी कंटिन्यूटी भी चेक करूँगा कि आया कि ये हमारा जो फॉल्ट है ये हमारी डिस्टेंस का है या कि कोई और भी इसमें आगे मसला है तो ये यहाँ पर इसको सोल्डरिंग कर रहा हूँ ये एमिटर के साथ बेस कलेक्टर और एमिटर ये तीसरा पॉइंट जो है ये हमारा एमिटर का है और एमिटर को अपने जो ग्राउंड है जो हमारा कैपेसिटर है इसके साथ मैं इसमें रिस्टेंस लगा रहा हूं तो ये देखें यहां पे ये ये हमारी कंटिन्यूटी शो कर रही है तो ये और उसके बाद इसको ऑन करूंगा और ऑन करके मैं आपको चेक करवाऊँगा और ये ये अच्छा व्यवस्थ यहाँ पे ये देखें ये ये हमारे वोल्टेज जो है ये अभी मकम्मल तौर पे ओके हो चुके हैं ये हमारे वोल्टेज यहाँ तक आ चुके हैं तो इसका मतलब है कि हमारी जो एमीटर था वो रजिस्टेंस जो थी वो डैमेज थी और उसकी जगह हमने एक नई रजिस्टेंस लगाई है और अगर आप ये रजिस्टेंस आपको ना मिले तो आप जंपर भी लगा सकते हैं बगैर किसी परेशानी के तो ये हमारा मसला यहाँ पर इस टी का हल हो चुका है मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी आज की जी वीडियो आज की जी कावश पसंद आएगी यहाँ पे ये हमारा टीवी वी आन है मिलते हैं जब तक के लिए अल्लाह हाफ़ बहुत मेहरबानी बहुत शुक्रिया